मनुज्जम मारुतुल्यम बुद्धि 31 दिसंबर कैसा रहेगा आप सभी दर्शकों के लिए अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज के दिन को यादगार और प्रभावी बनाने के लिए जो भी उपाय होंगे आज हम आपको बताएंगे आगे बढ़े दर्शकों से पहले बताना चाहेंगे कि यदि अभी आप नए हैं इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और जितने भी मेन से लेकर के मीन राशि के जातक हैं वार्षिक राशिफल 2020 आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं साथ ही साथ आपको अपना करियर राशिफल यदि देखना हो हमारे चैनल की प्ले में जाइए प्रत्येक राशियों का इंडिविजुअल हमने वीडियो बनाया हुआ है प्रेम संबंध के मामले में दो कैसा रहेगा इससे संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष मूलांक के आधार पर राशिफल हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है तो खैर दर्शकों चलते हैं 31 दिसंबर के दैनिक के पंचांग पर क्या कहता है आज का पंचांग पंचांग अंगों से मिलकर के बना होता ये अंग है मंगलवार दिन है आज और सूर्यदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर उन्नीस मिनट पर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी इसके बाद षष्टी तिथि रहेगी पंचमी तिथि को देखिए बेल का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है और को जो है जिसको भी जानकारी आपको देंगे नक्षत्र पर आ जाते हैं राहु का नक्षत्र रहेगा सतमिषा नक्षत्र रहेगा कर रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो योगी इसके उपरांत योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं आज का जो शुभ समय रहेगा अभिजीत मुद्दत ग्यारह बजकर 48 मिनट से लेकर के बारह बजकर 29 मिनट तक की एक अमृत काल भी इसमें आज आपको मिलेगा जो है 31 दिसंबर को सत्रह बजकर 27 मिनट से उन्नीस बजकर 13 मिनट के बीच राहु काल पर आ जाते हैं तो दोपहर दो बजकर चौवालीस मिनट से चार बजकर एक मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य देव राशि में चलायमान रहेंगे मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर का दिशा सूल रहता है उत्तर दिशा की ओर यात्राएं करने से आपको बचना रहेगा यदि करना पड़ जाए तो आपको प्रयास करना चाहिए कि गुड़ का सेवन करके तब यात्रा करिएगा और पहले आपको जो है दक्षिण की ओर चार पक चलना होगा फिर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी होगी तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग राशि फल पर आगे बढ़ते हमारी राशि फल में जो पहली राशि आती है ये आती है एरीज मेष मेष राशि तो जाने वाला रहेगा आज आपके काम से लोग प्रभावित रहेंगे काफी जो है कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी आज ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ होगी बॉस भी बेहद खुश रहेंगे किसी पार्टी में आज आज आज आप लोग सम्मिलित हो सकते सकते सकते हैं, हैं, हैं। एंजॉय कर कर नए नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज आपको आपको काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने के लिए आज से ही आपको जुटना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हनुमान अष्ट का तीन बार पाठ करिएगा तब घर से निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा लाल और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा भाग्य का पूरा पूरा आज आपको साथ मिलेगा आज आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा व्यवसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल रहेगा स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा पुराने दोस्तों से आज मिलने का आज, आज आपको मौका मिल सकता है उनके साथ कहीं घूमने फिरने आज आप जा सकते हैं खास करके स्टूडेंट्स हैं तो कैरियर में आज अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे आज के दिन कोशिश कीजिएगा भगवान भास्कर को आप लोग अर्घ दीजिए इससे आपको जो है करियर में सफलता मिलेगी साथ ही साथ आज आप लोगों को गाय को गुड़ और चना खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ मिथुन राशि जेमिनी तो आज आपका दिन अनुकूल रहेगा कोई करीबी मित्र आज आपसे जो है मिलने आ सकता है आपके कई अभीष्ट कार्यो की सिद्धि करा सकता है आज आपका कोई जरूरी काम किसी फ्रेंड की मदद से पूरा होगा आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा आज बेहतर रहेगा आज स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए यदि बाहर जाने के लिए आप लोगों ने प्रयास किया है तो आज आपको सफलता मिल सकती है मौका मिल सकता है, भाई बहनों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा उधार देने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे गेहूँ के आटे का दान या गेहूँ का दान आज आपको करना रहेगा किसी गरीब को शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः कर्क राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा आज, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिससे नए कामों की योजनाएं बनाएंगे बुजुर्ग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा सेहत के मामले में आज का दिन गिरावट भरा रहेगा किसी काम में थोड़ी ज्यादा मेहनत हो सकती है कारोबार में सतर्क रहने से फायदे का योग है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए हनुमान जी को आज आप लोग बेसन से बनी हुई कोई मिठाई जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है लियो सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपका रुझान राजनीतिक कार्यों की तरफ अधिक रहेगा आज आपको कोई बात थोड़ी सी परेशान कर सकती है किसी आसान से काम के लिए भी आज आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खास करके सिंह राशि के जातक हैं और स्टूडेंट्स हैं तो आज आपकी कोई कंप्लेन आपके फादर से कर सकता है तो पिता के साथ कुछ संबंधों में खटास आ सकते हैं आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करिए साथ ही साथ हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नीला अशुभ शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कन्या राशि के जात आज आपका दिन अच्छा रहेगा एवरेज रहेगा किसी काम में आज आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ परितोषक मिल सकता है कुछ गिफ्ट मिल सकता है कुछ इनाम मिल सकता है मन प्रसन्न रहेगा आज हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करेगा आपके काम को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलेगा नहीं तो कोई मेजर दुर्घटना आज हो सकती है व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है आपके प्रेम संबंधों में मजबूती और मिठास आएगी आज के दिन पिता को कोई गिफ्ट दें पिता से वैचारिक मतभेद थोड़े से कम करें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज हनुमान जी को एक मीठा पान आप लोग अर्पित करिए शुभ लिए आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन लिब्रा जी तुला राशि के जातकों आज आपका दिन मिला जुला रहेगा पारिवारिक कामों को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा अपने गुस्से को अपने क्रोध को आज आपको नियंत्रण में रखना रहेगा किसी से आज आपकी बहस हो सकती है धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ ही अपनी बात को किसी के सामने रखें तभी फायदा होगा आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी कुछ कामों को लेकर के आज आपका आलस्य बढ़ सकता है विष्णु सहस का आज आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज आपका दिन पहले के अपेक्षा ठीक रहेगा थकान बहुत ज़्यादा रहेगी आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी आज परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा वर्ष का अंतिम दिन दांपत्य संबंधों में मधुरता लेकर के आएगा जीवनसाथी के साथ जो विवाद चले आ रहे थे आज खत्म करने का दिन है काम का मैं आज अपने से बड़ों की आज आपको तारीफ़ और मदद मिल सकती है आज किसी पार्टी समारोह में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं कुल मिलाकर के साहब दिन आप लोगों का बेहतर गुजरेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज यदि आप लोगों के सेहत में कुछ गिरावट आती है तो गजेंद्र मोच का पाठ करिए अन्यथा आप लोग हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक सर्जिटेरियाज धनुराशि तो धनुराशि के जात को आज आपका दिन उत्तम रहेगा ऑफिस में आज, आज आपके काम की तारीफ होगी कलात्मक कार्यों में आज, आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी काम में मित्रों से सलाह लेना हितकर रहेगा आज आपके अंदाज से कुछ लोग प्रभावित होंगे परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा आज आपको खुशी के तमाम मौके मिलेंगे किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से आज, आज आपको मदद मिल सकती है आज के दिन भाई बहन के साथ मंदिर में कुछ समय जरूर व्यतीत करिए आपका मन खुशियों से भरा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग देखिए सुंदरकांड का पाठ करिए उसमें समफुट लगाइए विश्व भर में पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा 6 कैप्टिकॉन मकर राशि मकर राशि के जात को आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है ऑफिस में अपनी पर्सनल बात किसी से, से शेयर करने से आपको बचना चाहिए अन्यथा आपकी कोई भेद की बातें लीक हो सकती है आज काम का कुछ बोझ बढ़ सकता है किसी व्यक्ति से बात विवाद हो सकता है किसी को कर देते हैं कैसे दे मूड हो तो फिलहाल आप टाल दीजिएगा आज लवमेट के लिए अच्छा दिन है उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है हनुमान जी के मंदिर में एक आप लोग लाल रंग की पताका जरूर चढ़ाएं और यदि नहीं कर सकते हैं तो प्रयास ये करिएगा कि हनुमान जी के आज, आज आपको दर्शन करने रहेंगे और चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके उनको लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो सेकेंड लास्ट राशि आती है ये आती है कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात वर्ष का अंतिम दिन आपके लिए क्या लेकर के आए तो साहब खुशियों भरा दिन रहेगा शाम तक की कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे मन आपका बड़ा हर्षित होगा घर का माहौल बेहतर रहेगा स्वास्थ्य फिट रहेगा सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा मौज मस्ती और मनोरंजन का मूड रहेगा जीवन साथी की इच्छा पूरी करने में कामयाब होंगे आज आपको आसपास के लोगों से पूरी मदद मिलेगी सोसाइटी में डेवलपमेंट का जो काम आपका है वो तेजी से पूरा होगा आज आपकी सभी इच्छाएँ पूरी होंगी जो लोग प्रॉपर्टी से, जुड़े से करते हैं। उनकी इस का 108 बार आप जाप यदि करते हैं तो सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है पाइसिस अर्थात मीन राशि तो वर्ष का अंतिम दिन कैसा रहेगा तो मीन राशि के जातकों को आज आपका दिन बढ़िया रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने आप लोग उसके घर पर जा सकते हैं जो आपकी निजी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होंगे आज यात्राओं का योग बन रहा है आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा रहेगा शाम को घरेलू कार्य के लिए आप लोग मार्केट जा सकते हैं आज आपका धन अधिक खर्च होगा खास करके जो महिलाएं हैं इनको आज कुछ ज्यादा शॉपिंग करनी पड़ जाएगी और ये लोग पैसा बहुत अधिक खर्च करेंगी आज आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है जीवन में आज आपको जो है दूसरों का सहयोग अधिक प्राप्त होगा आज आपने जो अपेक्षाएं की हैं अपने पार्टनर से वो आपके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे साथ ही साथ आज संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आज, आज आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है तो साहब आज उपाय क्या आप लोगों को करना है तो आज आप लोगों को बजरंग बाड़ का पाठ करना रहेगा लोग कहते हैं बजरंग बाड़ नहीं पढ़ना चाहिए अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ना चाहिए उसमें शायद एक आता इन्हें मारू तो ही शपथ राम की तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को यदि आप शपथ देते हैं तो आपको अपने कार्य हनुमान जी से करवाने हैं और कलियुग में एक जीवित देव हैं तो बजरंग बाढ़ का जरूर आप लोग तीन बार पाठ करिए साथ ही साथ दर्शकों को हनुमान चालीसा भी आप लोग पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो वर्ष के अंतिम दिन का राशिफल हमने आप सभी लोगों को बताया कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार नए जो है पुराने वर्ष को भी हाथ जोड़ करके विदा करते हैं और नए वर्ष का स्वागत खोल जो है करते हैं हाथ खोल करके और आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ किस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया होगा बगल में वन बेलाइकन दबाया होगा और इस वीडियो को जमकर शेयर किया होगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद री रही